हेलो वैश तो हम नॉर्मल वीडियो लाते हैं नॉर्मल वैइ के साथ डेली गेम प्ले करते हैं और आप कुछ शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं तो आज कुछ शायरी के इस तरह शायरी बोलकर हम वीडियो बना रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी कुछ सही कहते हैं तो कुछ खराब कहते हैं कुछ सही कहते हैं तो कुछ खराब कहते हैं लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं लोग कहते हैं कि मुझे समझना इतना आसान नहीं लोग कहते हैं कि मुझे समझना इतना आसान नहीं कि गहरा समंदर हूँ खुला आसमान नहीं मैं बंदूक की गोली की तरह हूँ ना सुनाई देता हूँ ना दिखाई देता हूँ सीधा बंदूक की गोली की तरह सीधा दिल में घुस जाता हूँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को